हेलो फ्रेंड्स मैं सचिन फ्रेंड जीमेल में अगर आपको अपनी मेल को एक्सेस करना है तो आपके लैपटॉप में नेट का होना ज़रूरी है फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके मोबाइल में या लैपटॉप में इंटरनेट नहीं है तो भी आप किस तरह से अपनी जीमेल को एक्सेस कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं और उनमें जो भी फाइल अटैच हुई हुई है आप उनको भी ओपन करके देख सकते हैं तो फ्रेंड उसके लिए आप जी पर जाएंगे जी पे जाने के बाद आप सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे यहाँ से आप सी ऑल सेटिंग पे जाएंगे यहाँ पे फ्रेंड्स आप ऑफलाइन पे जाएंगे यहाँ पे फ्रेंड्स आप अनेबल ऑफलाइन मेक के आगे जो चेक बॉक्स है आप इसको चेक करेंगे इसके चेक करते ही यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन आ गई है कह रहे हैं कि यूजिंग एट टू वन अवेलेबल फॉर ऑफलाइन मेल इतने जी तक आप यूज़ कर सकते हैं और क्या वो आपकी स्टोर ई मेल फॉम द लास्ट थर्टी डेज़ ये आपके लास्ट 30 दिन की मेल को स्टोर करेगा आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं सेवन डेज़ और नाइन्टी डेज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं ये डाउनलोड अटैचमेंट अगर आप डाउनलोड अटैचमेंट को भी सिलेक्ट कर देते हैं तो जो लास्ट 30 दिन में आपके पास जो भी मेल आई है उनमें अगर कुछ इमेज अटैच हो के आई है फाइल अटैच हो के आई है तो वो भी आपकी स्टोर हो जाएगी उसको भी आप बिना इंटरनेट के देख पाएंगे तो हमने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर दिया यहाँ सिक्योरिटी में आप कीप ऑफलाइन डेटा ऑन माई कंप्यूटर को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आप यहाँ से इसको सेव चेंजेस करेंगे यहाँ से फ्रेंड्स सेफ चेंजेस करने के बाद आप एक बुकमार्क क्रिएट करेंगे कंट्रोल डी प्रेस करेंगे आप कीबोर्ड से एक बुकमार्क बना देंगे सपोज टेस्ट करके दे दिया यहाँ से आप इसको डन कर देंगे और आप इस मेल को यहाँ से क्लोज कर देंगे फिर आप फ्रेंड्स जहाँ आपने बुकमार्क बनाया बुकमार्क पे जाएंगे आप यहाँ से नेट को भी ऑफ कर देंगे नेट को आपने यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया है आप अपने बुकमार्क जो आपने बनाया है बुक मार्क पर जाएँगे बुकमार्क पर क्लिक करेंगे ये फ्रेंड्स आपकी अभी हमारा इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा है और आपकी ये मेल्स जो हैं आपकी सब ओपन हो गई हैं ये लास्ट तीस दिन की हमने मेल सेव करी है तो हम मेल को ओपन भी यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं और ओपन करने के बाद आप किसी भी मेल को में अगर कुछ इमेज अटैच है वो सब चीज़ें हैं तो वो भी हम यहाँ से उसमें देख पाएंगे तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप मेरे को कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू